हेलो गाइस आज हम खेलने वाले हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया और इस गेम के बारे में मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है ना मैंने पहले खेली है पहले मैं फ्री फायर खेलता था कम खेलता था मतलब इतना नहीं खेला मैंने और मुझे इतनी अच्छी से नहीं आती है आ, ऐसी गेम खेलना जिसमें और आज हम सिर्फ एक टेस्ट गेम खेलेंगे छोटा सा टेस्ट बस ये जो गेम है इसको मैंने इंस्टॉल करी है इसका सिर्फ टेस्ट लेंगे एक जैसे टेस्ट मैच होता है वैसे ही छोटा सा अब मुझे नहीं पता कि मेरी कहां तक मैं पहुंचूंगा मैं किल हो जाऊंगा मैं चिकन डिनर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा अभी तो ना मुझे पता नहीं है पर, पर एक गेम खेलते हैं बस टेस्ट के लिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस इस चैनल को कम से कम वन के तक हमें पहुँचाना है क्योंकि तो मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पे मैं लाइव स्ट्रीम करूँ और अभी जब तक वन के हमारे सब्सक्राइबर नहीं हो जाते जब तक लाइव स्ट्रीम नहीं हम कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है यूट्यूब में तो इसलिए जल्दी से भाई सब्सक्राइब का बटन दबा दो लाइक का दो तीन बार कम दबा देना पर सब्सक्राइब का तो ज़रूर भाई और शेयर कर दो इस वीडियो को बहुत जगह पर और कोशिश रहेगी मेरी कि आफ्ट मैं इस चैनल पे कंटिन्यू रखूं ओके okay, फिर एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं कि कैसे चलती है गेम और मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा कि मुझे कैसे लगी ये गेम और कूल है या फोजी की तरह ही है ये फोजी की तरह गेम है या एज अ हाई फाई पबजी की तरह ही है ये तो बस आइए खेलते हैं थोड़े तो अभी स्टार्ट हो रही है थोड़ा टाइम थोड़ा टाइम लग रहा है तो एक काम की जितना टाइम लग रहा है तो नहीं भाई एक का बटन दबा दो, और कुछ नहीं जा रहा है और ये बैटल ग्राउंड है, है ये कोई असली असला असली कोई वो नहीं है और इधर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं मैं अपने बंदों को ढूंढ लेता हूँ जो मेरी टीम के साथ है और ये कच्चे बुनियान में कौन आया चल बक चड्डी पहन के कौन आ गई और भाई हम साथ साथ हैं ओए हम साथ, साथ हैं रुक जा हम साथ साथ हैं कहाँ गया मेरा बंदा येरा मेरा बंदा येरी मेरी बंदी चलो भाई हम दोनों एक साथ ये बंदा तो कोने में अलग ही है तो ये थोड़ा टाइम पास अभी करना पड़ेगा और मुझे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद इन लोगों ने कुछ बदला है और मैप में भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है पोचंग की जैसे जैसे कुछ कुछ स्कूल और ये छोटे मोटे हॉस्पिटल जैसे छोटी मोटी चीज़ें तो बदल दी है बस वैसे ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं किया है इन्होंने तो मैं सबको फॉलो इनवाइट इनवाइट और मैं ज़्यादा जब तक तो मुझे समझ आया है जब तक अब जंप मारने की बारी आ गई है कहाँ कहाँ जाना कहाँ है स्कूल पे चलते हैं स्कूल बहुत दिनों से नहीं गए हैं लॉकडाउन की वजह से तो चलो स्कूल ही चलते हैं हम तो स्कूल अभी हम जा रहे हैं और ये पहुँचने नहीं वाले हैं या मारेंगे बाकी मुझे लग रहा है ओस शर्ट मैं अकेला हूँ और बाकी सब तो पता नहीं कहाँ निकल गए यार ये क्या हो गया इसमें लिखा हुआ है एंटर द वर्चुअल वर्ल्ड और आप वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जा रहे हैं और वर्चुअल वर्ल्ड जहाँ तक मुझे पता है वर्चुअल इमेज मैंने वर्चुअल इमेज पढ़ी थी टेंथ क्लास में तो उसके अंदर था जो हमें स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करते हैं और जो रियल नहीं होता एक रियल इमेज होती है वर्चुअल इमेज होती है तो इसका मतलब ये हमें बताना चाह रहा है कि ये कुछ भी इसमें रियल नहीं है ये सिर्फ़ एक स्क्रीन पर रिप्रजेंट करने के जो एक स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करा हुआ वर्ल्ड है बस, ऐसा कुछ तो बस अब दौड़ो और मारो बंदों को अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं लास्ट तक टिक जाऊं क्योंकि मुझे इतना नहीं आता है कि मैं एंड तक टिक पाऊं पर अब मैं कोशिश अब धीरे धीरे मैं खेलता रहूंगा तो शायद सीख जाऊं यार अभी इस घर में तो कुछ मिला नहीं मुझे और अब मैं आउट तो बिल्कुल नहीं होना चाहूँगा यार मैं सोच रहा था कि अब मैं अपने बंदों के साथ ही आसपास उतरूं उनके तो मैं उनके साथ सेफ भी रहूँगा थोड़ा सा अब वो पता नहीं कहाँ निकल गए सारे अब मैं उनको कहाँ ढूँढूँ अभी रुको पहले मैं कुछ अपना हथियार वगैरह ले लेता हूँ तो जिससे मैं आगे मुझे तकलीफ़ ना हो जल्दी जल्दी लूटो आंटी जी का घर कौन सी आंटी का घर है ये एक तो बंदे साहब अपना घर ऐसे छोड़ के भाग जाते हैं यहाँ कोई है नहीं चलो चलो यार ये तो गन तो आई नहीं है बंदा इतनी क्या क्या लूटे जा रहा है वो लाइव स्ट्रीम करने में बहुत मजा आएगा पार्ट आप जल्दी जल्दी अब आपके ऊपर है आप कितने जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाते मेरे और इसके अलावा इधर है कुछ इधर तो कुछ नहीं है मिले मेडिकट पड़ी है ये ले लो अब जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है इसके अंदर कुछ बदला तो है नहीं वैसे पुराने घर भी वही हैं और बस नाम चेंज कर दिया की है कि ये है कि ये इंडिया की गेम हो गई है अब इसके अंदर कुछ बदला है कहाँ है कुछ ये घर में ही घूमता रहूँगा क्या मैं एक, एक मिनट रिलैक्स रिलैक्स हो जाए यार चल यार भाई भाई। चलो भाई अब निकले ग्राउंड में हम लोग और बहुत मैं बचा रहूं अब ये देखते हैं मेरे साथी लोग कौन हैं शाह सहपाठी मैं कौन से नंबर पे हूं दूसरे नंबर पे मैं तो उल्टा भाग रहा हूं रुको रुको रुक बंदा है बंदा ऐसा मुझे लगा कोई ऐसा मुझे लगा कि कोई यहाँ खड़ा था पर शायद कोई लड़का होगा दूध लेने आया होगा कोई दिक्कत नहीं है चलो अब मैं सही जा रहा हूँ नहीं मैं टेढ़ा जा रहा हूँ यार अपने साथी की तरफ नहीं कोई गाड़ी वाड़ी मिल जाए तो मैं उसके ऊपर बैठ के चले जाऊँ और ऐसे रोड पे घूम रहा हूँ मुझे सेफ़ नहीं लग रहा है इस समय क्योंकि हमले हो सकते हैं यार मुझे कम से कम चार किल तो करने हैं आज अगर मेरे चार किल कंप्लीट हो जाएंगे तो भाई एक सब्सक्राइब को बटन दबा देना और लाइक कर देना इतना ज़रूर कर देना अगर मेरे चार किल कंप्लीट हो गए तो और अगर नहीं हो पाए तो भाई सब्सक्राइब तो कर ही देना लाइक का अगले अगली बार में देख लेंगे क्योंकि ये सिर्फ मैं टेस्ट कर रहा हूँ भाई अब मैं भी ऐसा प्रो प्लेयर तो हूँ नहीं मुझे ऐसा लग रहा है अब मैं जाने वाला हूँ अब मैं बचूंगा नहीं यार तो मैं अपने साथ मैं अपने साथियों के साथ पहुँच जाऊँ किसी तरह तो फिर वो मैं तो उनके पीछे पीछे घूमूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहता हूँ क्योंकि अब सब्सक्राइब की बात हो गई है लाइक भी चाहिए ओए ये क्या हो गया ओए ये क्या हो गया कैसे मरना अब इस यार मैं उल्टा ही जा रहा हूँ भाई बहुत मज़ा आ रहा है वैसे तो इसको खेलने में पर ज़्यादा खेलना फिर सही नहीं है और हमारा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं रोस्टिंग करता हूँ और कुछ कुछ कर रखी है उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है वहाँ जाके उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और उसको भी बन उसको ज़्यादा पहुँचा देना यार उसको थोड़ा यार अभी तक मैंने वन किल भी नहीं किया है एक भी किल नहीं किया चार किल कैसे करूंगा मैं भी बच ही रहा हूँ सिर्फ बच बच के भागना है मुझे भी और, और वार्निंग रेड जोन है पता नहीं लिखा था <laughs> ओ भाई साहब रक्षक मिल गया मुझे जो मैं ढूंढ रहा था बहुत देर से ड्राइव अप करेंगे चल भाई अब बनेगी गाड़ी कोई कोई कौन आ गया मुझे कोई मारा कौन है? यार ये कौन मार रहा है मेरी हेल्थ खराब है मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा यार भाई ने मार दिया प्लेयर उए, ये क्या हो गया कोई मेरी कौन है यार कबाड़ा ही हो गया अभी कौन था लड़का लूट ले भाई तू लूट ले आज और बहुत खराब हो गया है ये ये कहां पड़ा हुआ है <laughs> तो जैसा आपने देखा कि एक किल भी नहीं कर पाया शायद मैं एक किल तो करा है यार मैंने सब्सक्राइब तो कर देना यार इस चैनल को अब अगली वीडियो कितने किल करें हैं एक किल तो किया है मैंने फिनिश yes. टू Something... फिनिश टू अब शायद मैंने दो लोगों को फिनिश किया है या दो को कौन किया है? पता नहीं अब दो को मैंने किया होगा तो भाई अब मुझे तो बहुत अच्छा आया इस गेम को खेल के बहुत मज़ा आया ज़्यादा कुछ चेंज इन्होंने किया नहीं है उसके हिसाब से देखा जाए तो कुछ कुछ चीज़ें चेंज है मुझे देखने में जैसे लग रही है तो अब फिर आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को बाय बाय और हमारा एक और चैनल है उसको भी जाके सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन में लिंक है चाहिए